सो है गाइज वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक न्यू हॉर गेम प्ले के साथ जिसका नाम है स्कैरी हॉन्टेड ईविल नन ईविल नन का दूसरा रूप आ चुका है हमारे चैनल पे तो आप लोग वीडियो को देखिए और वीडियो को पूरा देखिएगा और इन्जॉय करिएगा अगर चैनल पे नहीं आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नीचे रेड कलर की बटन है उसको करके उसको ब्लैक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं इसमें मजा बहुत आने वाला है तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो चलो प्ले करते हैं हम लोग ठीक है अब क्या ये सीन है भाई इतना तगड़ा आवाज पहले कम कर ले इतना पसीना निकाल डाले सिर्फ आवाज सुन के लोडिंग हो रहा है ओके ये अपनी लड़ाई हो गई है बहुत तगड़ी वाई लड़ाई और मेरे पैर में इतना ज्यादा चोट लग गया कि मैं घायल हो चुका और एक हवेली में आ गया और ये क्या गेट भी बंद हो गया भाई साहब अब मैं करूं तो करूं क्या फिर हवेली में तो जाना तो पड़ेगा ही ठीक है हवेली के अंदर चलते हैं देख कैसे, मैं पैर मेरा पूरा एकदम से घायल हो चुका है भाई मार हो गई हम की बहुत तगड़ी वाली इतना पड़ा पंगा हो गया ना कि देख रहे पूरा पैर और कैसे चल रहा हूँ <laughs> गिरते गिरते और टकला भी हूँ मैं टकला ये गेट अपने आप खुला मुझे मुझे तो अंदर जाना है और ये गेट भी बंद हो गया और मुझे पता भी नहीं था कि ये भूतिया जगह है भाई साहब ठीक है पाँच दिन से वार्निंग दे रहा है मुझे ठीक है चलो भाई इसको बैक करो अभी मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो फिर बाहर निकलने के लिए मुझे कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी तो कुछ मिला कोई की ओ ठीक है इसको हम यहाँ पेक के आराम से जा कर यहाँ छुप जाएंगे और उसके बाद अब वो आएगी ठीक है ओके okay, वो चली गई गे, गेट खोल चुका है ठीक है अभी हमको जाना है उधर तो ये इधर ही है ये देखा ओ आंटी फिर से वो उधर गई अब मुझे यहाँ हल्ला करना पड़ेगा आजा नहीं आ रही इधर यार फिर से वो कब उठाते हैं ये प्लेट प्लेट उठाते हैं उसके बाद उसको बताते हैं कि मैं यहाँ हूँ आ जाए आ जा आ जा आ जा, आ जा, आ जा। ओ चुड़ैल अपनी शकल तो दिखा दे शकल दिखाई तभी तो आप लोगों तो को दिखा सकते हैं हम आ गई ये देखो आ रही है आ रही भाई आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही देखो देखो देखो और मुझे यहाँ से निकल के भागना है भागो भगो भागो भागो भागो भागो भागो भागो फटाफट से भागो भाई भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग यहाँ छिप जा छिप जा ठीक है यहाँ हम छिप गए हैं और शायद ये ये ये ये रही ये रही रही और अभी फिर से यहाँ से निकलेंगे देखते हैं कि क्या आप कर सकते हैं यहाँ से मुझे स्केप करना है तो ठीक है अभी कहाँ जाना है इधर जाना है इधर से मुझे कुछ मिल सकता है क्या ओके इधर कुछ इसमें शायद मिल जाए कुछ भी नहीं है ओह हैमर मिल चुका है चल भाई अभी फिर से मुझे कला करनी पड़ेगी चल ये आ गई अब आएगी, अब आएगी इधर, नहीं मुझे नीचे जाना और वहां से उसको खोलना है यार मैं गलत कर दिया भाई ठीक है अभी उसको आके जाने दो फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग आ गई वो दिख रही है ये देखो पूरा तांत्रिक बनी फिर रही है चुड़ैल और इसको नन बोलेगा तो ऐसे काम का बाहर निकल के टहरने लगा था ओ, ओ, ओ, ओ उठा ले उठा ले उठा ले और चलना मुझे उस गेट के पास और गेट के पास से वो तोड़ना है जी और यहाँ भी नहीं है बहुत सी बहुत सी फटाफट से बहुत अच्छा टाइमिंग है निकाल फिर से छिपना है मुझे कहाँ जहाँ चलते हैं चलो चलो चलो ठीक है अंदर हो गया मैं वो आएगी और उसी गेट का मुझे की फाइंड करना है और उसके बाद वहाँ से हम स्केप कर सकते हैं लेकिन उसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा नीचे से मुझे स्क्रू ड्राइवर मिलेगा मैं उसको लेके आऊँगा फिर उसके स्क्रू ड्राइवर से उसको खोलना है एक बॉक्स है उसमें की मिलेगी वहां से सब कुछ होने वाला और ये आई वो आ गई है चली जा, जा, जा, जा, जा। गई क्या मैं बाहर निकालो भाई घुटन हो रही है ये क्या हो गया <coughs> अबे भैया देख ली मारेगी मुझे बच गया क्या ओ भाई साहब बच बच बच गया बच्च गया बच्च गया अरे पैसा वैसा पंगा ना करे कोई यार पहले दिन मर जाऊंगा तो क्या ही कर पाऊंगा अभी तो कुछ नहीं किया सिर्फ एक ही दरवाजे का प्लैंक हटा हटाया मैंने अभी बाहर निकला हूं कैसे कैसे करके और किधर जाना अबे यार हट सैतान की नानी नान मारेगी क्या मारेगी क्या आ गई ये पीछे पीछे नास्ते नास्ते ये देखो भाई साहब मारी मारी मारी मारी, मारी, मारी। भाई साहब एक दिन ऐसे ही बर्बाद हो गया अपना। तीसरा तीसरा दिन है? दिन दिन अरे एक ही तो गया गया था मेरा। तीसरा दिन कहां से स्टार्ट हो भैया? उठा लेट प्लेट उठ जा जाने वाला आया फिर हम इधर से भागे अगर मुझे हैमर उठा के अभी नीचे जाना है चल भाई कैसे तो बचते बचाते तो मैं थोड़ा सा काम किया था बट फिर से वही दिमाग खराब करने वाला उसको उठा ले ठीक है उठ गया और मैं इसको यहाँ फेंकता हूँ और वो आएगी आएगी ज़रूर आएगी ज़रूर आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई और मुझे भागना है भागना है भागना भागना भागना भागना भागना भागना है भागो रे भैया भागो भागो भागो भागो भागो यही नहीं ले निकाल के पीटा भाई साहब दूसरा दिन और मैं अभी तक कुछ नहीं उपाड़ पाया हूँ और मैं क्या करूँगा मुझे कुछ नहीं पता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 बेटा सब फंसते हैं फंस गया मैं भाई साहब यहां से कैसे निकलू मैं बाहर? अगर वो तो, नन। छोड़ दे प्लीज पूरा कर लेने दे भाई अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो यार भाई देख रहा ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ गई नन मेरे फिर कैसे पूरा करूं मैं आराम-आराम से चलते तक तक तेरी कुछ भी वाला काम हट ओके अभी तक तो बचा बट क्या हो सकता है मुझे नहीं पता ओके गई गई अब फिर से आ गई ले अब मरे हम मरे मरे मरे, मरे मर ले लेओ। कहा है भे वो वहीं खड़ी है अंदर क्यों नहीं आ रही ओ यही है सीक्रेट रूम अब इसमें तो छुपना पड़ेगा दौड़ के लेकिन भाग के आना पड़ेगा मेरे को अबे जा ना कब से खड़ी है बेवकूफ हो जैसा देखो चाहेगी नहीं मार ये वेट कर रही है कि मैं जब निकलूँ तब मारे मुझे और भी जा भी नहीं रही है ये ले मार ले लेटू हो गया अभी भाई साहब मारेगी ना पक्का मारेगी देखो ये ग्राफिक्स की दिक्कत है ग्लिच की प्रॉब्लम है देखो ये मैं जैसे निकलूँगा यहाँ से ना ये मुझे मार देगी देखें देखो भैया, ले मारी हथौड़े से सर डाली मेरा। लास्ट लास्ट लास्ट लास्ट दिन, लाश्ट दिन, लाश्ट दिन और क्या है अरे भैयान मुझे दिख गई आ जा आ जा आ आजा आजा। जा आ जा मैं हथौड़ा कहा रखा भाई भाग भाग बार ही नहीं पाया चलो तो so हम इसको सेकंड पार्ट में पूरा करेंगे क्योंकि यार इस वाले में थोड़ी सी ग्लीस की प्रॉब्लम थी और ये बार बार मुझे मार भी दे रही थी तो शाम को टाइम यार शाम के टाइम वीडियो शूट करना बहुत ही प्रॉब्लम है क्योंकि रूम में इतनी गर्मी रहती है तो शाम में वीडियो नहीं शूट कर सकता तो सुबह वीडियो शूट करेंगे और इसका पूरा पार्ट लाएंगे और ये अच्छी वीडियो है और इसको पूरा देखिएगा अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेलाइकन दबाना मंद मिलेगा मिलते हैं ऐसे ही तड़कते वड़कते गेम के साथ तब तक के लिए बाबा देखो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा इतनी गर्मी हो गई है कि मेरे मुंह से जो आवाज़ें निकल रही वो भी लड़खड़ा जा रही है तो उसके लिए सॉरी चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय